हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम सिन्हा आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अभी के टाइम में व्हाट्सएप बहुत ज्यादा यूज हो रही है बहुत सारे लोगों से और यूज हो रही है तो जैसे जो भी लोग अपने चैट बॉक्स में उनके चैट्स भर जाते हैं और वीडियो या इमेजेस जो भर जाते हैं तो उसे क्लियर चैट करके इजी ट्री से वो हटा लेते हैं या डिलीट करते हैं लेकिन जो गैलरी में जो व्हाट्सएप इमेजेस और वीडियोज आ जाते हैं उसे कैसे रिमूव करें ये मैंने बहुत सारे लोगों के देखे लेकिन मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन है विथ इजी ट्रेड तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ हाँ फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी वीडियो बोलनी हो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी वीडियो से तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और अगर कोई भी आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊँगा बस आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तो चलिए अब हम देखते फ्रेंड्स तो अब चलिए अब हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ जाते हैं मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद आप अपने व्हाट्सएप में जाइए देखिए आपके पास इमेज वीडियोज ये सब रहती है तो ये व्हाट्सएप के साथ साथ आपके गैलरी में भी रहती है एल्बम में आप चेक करके देखिए व्हाट्सएप इमेजेस में ये सब है आपके पास और इन सबको कैसे हटाए ये आपको तो देखिए इसकी सेटिंग्स कहाँ पर होती है आपको अपने व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद ये थ्री डॉट्स जो है इस पर क्लिक कीजिए और सेटिंग्स पर आपको चल जानी है सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको चैट्स पर क्लिक करनी है और ये देखिए ये मीडिया विजिबिलिटी ऑन है यानी कि इनेबल है शो न्यूली डाउनलोडेड मीडिया इन योर फोन्स गैलरी अगर ये सेटिंग्स आपके ऑन रहेगी तो आपके व्हाट्सएप में जितने भी इमेजेस और वीडियोस आएंगे वो आपके गैलरी में चल जाएंगे तो आपको इसे ऑफ कर देना है यानी कि इसे डिसेबल कर दीजिए अब ये आपके गैलरी में कोई भी व्हाट्सएप इमेज या वीडियोज़ नहीं आएँगे आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ चार है क्योंकि मैंने इसे लिया है सिर्फ वीडियोस के लिए क्योंकि मैं उस सेटिंग्स को ही लेता हूँ उस सेटिंग्स की वजह से मेरा ना ही कुछ भी आ पाता है ना इमेजेस ना वीडियोस तो फ्रेंड्स चलिए अब आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन तो पर बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और चलिए अगर आपको कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और आपको कैसा लगा वो भी बताइए कमेंट्स बॉक्स तो चलिए बाय